भगवान रंग चढ़ने लगा मंदिर जब बन जाएगा सोच न क्या होगा देश हमारा हमारा देश हमारा देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा मंदिर अब बनने लगा है भगवान रंग चढ़ने चढ़ने लगा लगा लगा है है है मंदिर मंदिर अब बनने भगवान रंग जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा एक हाथ उठे देशा मारा। देशा मारा। देशा मारा। ये कलकत्ता है और लाइव चल रहा है पूरी दुनिया देख रही है क्या कलकत्ता में भी भगवान आ कि नहीं लगा बेश बात को समझना बात किसी राजनीतिक दल की नहीं है मैं पिछली बार विधान आया, सुजीत कार्डन आयात्रों धन्यवाद ममता बनर्जी का देखा सिर्फ मोदी नहीं है जो काम राम का करेगा जो काम हमारी माई का करेगा जो हमारी काली घाट को सजाएगा काली माई को सजाएगा क्या हम उसे नहीं सजाएंगे साहब हम सजाएंगे क्यों नहीं सजाएंगे वो सोचना पड़ेगा काम करना पड़ेगा मंदिर अब बनने लगा, लगा।, लगा।, लगा। है भगवान रंग चढ़ने लगा मंदिर अब बनने लगा है भगवान रंग चढ़ने लगा मंदिर जब बन जाए सोच जा रहा क्या होगा और बाबा ने चाह तो बहुत जल्दी बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से भी बाबा का कीर्तन होने जा रहा है हमारा हमारा दे देश हमारा देश हमारा तो बचिए तो इससे प्यारा क्या होगा देश देश ने कभी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो आधे घंटे तक शिवलिंग के आगे बैठकर तपस्या करता हो। यहाँ तो लोगों को गंगा जी में डुबकी लगाने नहीं आते और बोलते हम देश के प्रधानमंत्री बन गए। हरे राम काशी अब सजने लगा है डमरू भी बजने लगा है, काशी अब सजने लगा है काशी लगा का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 काशी हो गया और अब योद्धा काशी झाकी है मथुरा भी बाकी है और बात रही खाटू की तो खाटू में तो इन सबको लेके जाना है क्योंकि खाटू पंछी बनकर उड़ता है ये दिल खाटू जाकर सावरे से मिल बन कर उड़ता है ये दिल आटू जाकर सावरियवानों से दीवानों सी हालत होती है मत पूछो फिर क्या क्या होता है है सपना जब लगता अपना दिल में चैनी दिल में चैनी दिल में आंखों में इंतजार तो किसी को आवरे से अब सजने लगी है बंसी भी बजने लगी है मथुरा अब सजने लगी है बंसी भी बजने लगी है बंसी जब बज जाएगी सोच नजारा क्या होगा बे समान हमारा